छतरपुर में एक हादसा हो गया जहां एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है छतरपुर में एक एम्बुलेंस और ट्रक में भड़ंत हो गई टक्कर इतनी जोरदार थी की एम्बुलेंस में मौजूद गर्भवती महिला और उसकी जीठानी की मौके पर ही मौत हो गई वही तीन लोग घायल है बताया जा रहा है की निवासी गर्भवती महिला को वमीठा से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था जिसे एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जा रही थी वही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है मैं गंजे में रहता हूं मेरी हूँ बाद में मेरी शादी थी घरवाली की डिलेवी थी तो पहले तो हम बमीठा कर वहां से मना हुआ तो डायरेक्ट छतरपुर आए एम्बुलेंस अचानक से उसने क्या घोड़ा चौराया था न रॉन्ग साइड ले लिया थोड़ी सा तो वहाँ एक्सीडेंट हो गए तो दो लोग तो तीन लोग घटना आए लो और घायल हो गए डेबी हुई और उसकी जिसकी भी थी वो भी हो गई और उसकी जिठानी भी थी हाँ शायद थोड़ी बहुत आ गए होंगे अस्पताल और डेट हो गई ट्रैक से एम्बुलेंस से ये लगभग करीब डेढ़ बजे के आसपास हुई है वो खबरें